हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने हम कि कोशिश करते हैं, हैं।, आ है। करते हैं भी वो अपने पास आ जाए तो हम उसको मैसेज करते हैं व्हाट्सएप्लीज सेंड यूर स्टेटस तो कई बार तो फोन पिक नहीं करता वो ऑनलाइन नहीं होता तो हमें वो मिस हो जाती है जिस टाइम हमें उसकी स्टेटस की जरूरत होती है या उसकी स्टेटस हम अपने फोन में लगाना चाहते तो तो पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो आज की वीडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको चूज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो बनी हुई है जो बताते हैं सर ऐसा आप जीवी व्हाट्सएप यूज करो आप ये एप्लीकेशन थर्ड पार्टीशन हानिकारक होती है साथ में मैं अपना मोबाइल ले लेता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके साथ सामने शेयर करता हूँ जिसमे मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपने क्या चीज ऑन करना है क्या चीज ऑफ करनी है ठीक है मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली मैं साथ में दिखाता हूँ सबसे पहले आपने क्या करना है फ्रेंड सबसे पहले आपने अपने फाइल मैनेजर पे जाना है जैसे फ्रेंड मैं अपने फाइल मैनेजर पे चला गया हूँ जहाँ थ्री लाइन आती है थ्री लाइन पे हमने ओके कर देना है थ्री लाइन पे जैसे ओके करेंगे तो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है सेटिंग का ऑप्शन जैसे फ्रेंड हम सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जहाँ पे सो हिडन फाइल फिल्ड ऑफ रहती ऑफ रहती है इसको आपने ऑन कर देना है जहां से फ्रेंड मैं ऑन कर लेता हूँ अगर आपके फोन में आपके फाइल मैनेजर में ये ऑप्शन नहीं आता तो इसका एक सेकेंडरी ट्रिक है वो मैं आपको दिखाता हूँ आपने क्या करना है आपने प्ले स्टोर पे जाना है प्ले स्टोर पे आपने जैसे ही एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है फाइल बाय गूगल ये गूगल का प्रोडक्ट है जिसके साथ गूगल की एप है जो आपके लिए सिक्योर है कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए मैंने इंस्टॉल करके इसको जैसे हम ओपन करते हैं ओपन करने के बाद तो साइड तो इतना काम ऑन हो जब हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना जहां पे मैं आपको अपने व्हाट्सएप खोलता हूँ व्हाट्सएप खोलने के बाद जहाँ पे मैं एक स्टेटस को देख लेता हूँ उसके बाद में आपको दिखाता हूँ जो स्टेटस हमारे फोन में कहा सेव होती है है फ्रेंड फ़ाइल में दोबारा चलता हूँ फाइल मैनेजर पे फाइल मैनेजर पे जाने के बाद मैं अपने जो डॉक्यूमेंट है वहां पे चला जाता हूँ अगर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे व्हाट्सएप का एक ऑप्शन दिया गया होता है हम व्हाट्सएप पे ओके करेंगे जैसे फ्रेंड अपने व्हाट्सअप पे ओके करते है तो सबसे नीचे आप देख सकते हो एक मीडिया का ऑप्शन आता है मीडिया के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो सबसे इसमें आप देख सकते हो मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ सेकेंड नंबर पे स्टेटस नाम का एक ऑप्शन आ रहा है इसमें जो भी हमने अपने स्टेटस किसी के भी स्टेटस देखे हैं वीडियो देखी हैं है, वो एटोमेटिकली व्हाट्सएप क्या करता है अपने इस फ़ाइल में सेव करता रहता है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने ये देखा था वो कहा है फ़ाइल जो मैं देखो आपको पूरे स्टेट से दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या कौन कौन से फैल मतलब स्टेट देखे ये देखो मैं पूरे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जे बाई फैल में स्टेट्स देखे हुए हैं जो पूरे के पूरे जहाँ पे जे देखो जो स्टेट से आपके सामने रिसेंट लाइव दिखाया था जिस जो भी हम स्टेट से या वीडियो देखते हैं वो जहाँ पे सेव होती रहती है जहा से आप जैसे मर्जी जाओ उसको सेव कर सकते हो अपनी गैलरी में आपकी गैलरी में ही जहां से आप उसको चूज कर सकते हो है ना फ्रेंड बड़ी कमाल की ट्रिक उम्मीद करना फ्रेंड आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मेरे चैनल पे हमेशा रियल और जनरल वीडियो रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होती है मतलब की आपकी सपोर्ट के लिए होती है थैंक यू फ्रेंड